के लिए तैयार बचपन से तैयार है मारने के लिए तैयार मारने के लिए तैयार अन्ना थे आज रात आठ बज के मिनट पर सिर्फ कोल्ड माइन्स पर